दोस्तों तो आप देख सकते हैं ये मेरी गाड़ी खड़ी हुई है आज मैं इसमें आपको साइरन फिट करना बताऊंगा कि साइरन की वायरिंग कैसे होती है और साइरन कैसे लगाते हैं पुलिस वाला तो आपको मैं अभी दिखाता हूँ साइरन कहाँ जैसे मेरी गाड़ी में पहले लगा हुआ है साइरन में आज आपकी अब उसकी वायरिंग दिखाऊँगा तो दोस्तों जैसे देख सकते हैं मैंने इंजन कंपार्टमेंट खोल दिया आपका तो आप ये इधर की साइड देख सकते हैं जैसे ये साइरन लगा हुआ है हमारा ये तो जैसे देख सकते हैं आप इस लगा हुआ है ये वायरिंग आ रही है इसकी जैसे एक रेड वायर है इसमें और एक ब्लैक वायर है तो जैसे आप देख सकते हैं दो तारे हैं ये तो चलिए मैं आपको इसको फिट करना बताता हूँ कैसे इंस्टॉल करते हैं तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो आप जैसे देख सकते हैं आपको एक स्विच लेना पड़ेगा जिससे हम सेवन को ऑन या ऑफ़ कर सकें आप ये ऐसे कोई बिजली वाला स्विच भी ले सकते हैं या एक टॉगल स्विच आता है तो आप वो भी ले सकते हैं किसी भी कार एसेसरीज या इलेक्ट्रिकल की दुकान पे मिल जाएगा तो वहाँ से स्विच ले सकते हैं तो जैसे आपको जैसे आप ये देख रहे हैं साइड में ये काला सा है तो ये आप खोल के तो यहाँ पर आप स्विच लगा सकते हैं तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे खोलते हैं तो दोस्तों आप देख सकते हैं जैसे एक ये स्क्रू ड्राइवर है स्क्रू ड्राइवर की तरफ़ आप ये जैसे देख सकते हैं यहाँ से खोल दिया ये है ये लॉक लगे होते हैं इसमें पीछे यहाँ पे तो आप इसे प्रेस करेंगे तो ये बाहर आ जाएगा निकल के तो आप ये अपना स्विच जो है जैसे ये आप देख रहे हैं मेरा स्विच है मेरे पास ये तो आप जैसे देख सकते हैं तो ये आपको यहाँ पर वायरस के अंदर करके आप जैसे आप दोस्तों देख सकते हैं मैंने वायरस के अंदर कर दी है तो आप जैसे ये स्विच है तो आप ये इस इसके अंदर लगा सकते हैं ऐसे ही है, है। यहाँ पर एयर जाएगा और ये ऑन या ऑफ़ कर सकते हैं फिर यहाँ से ही आप दोस् तो दोस्तो, तो दोस्तों चलिए इसकी वायरिंग दिखाते हैं हम वायरिंग कैसे करनी है तो दोस्तों जैसे आप देख सकते हैं ये हमारी नेगेटिव वायर है ये या आपको यहाँ पे जैसे किसी भी कार के बॉडी पार्ट पर अर्थ करनी है तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने बॉडी पार्ट अर्थ कर रखी है अपने प्रॉब्लम के वायर भी तो आप इसे खोल लीजिए पहले पूरा खोलने की जरूरत नहीं है थोड़ा सा ही खोल लीजिए और ये वायर इसके अंदर कर दीजिए फिर इसे जैसे था वैसे मैंने टाइट कर दीजिए तो दोस्तों जैसे आप देख रहे होंगे मैंने वायर टाइट कर दी है यहाँ से ये अपने साइड में यहाँ अंदर आ रही है तो एक वायर दोस्तों आपको अंदर भी लानी पड़ेगी जैसे आप देख सकते हैं ये वाली वायर हमारी ये दूसरी साइड बाहर पोनट पर निकल रही है दोस्तों आप देख सकते हैं वायर हमारी यहाँ आ रही है और हमारी साइन की पॉजिटिव वायर ही आ रही तो आपको क्या करना है इस वायर को इस वायर के साथ बांध देना है तो जैसे दोस्तों देख सकते हैं आपको हमने अपनी वायर ये बांध है यहाँ से पॉजिटिव वायर है ये हमारी साइन की तो चलिए था था। इस अंदर की साइड अपने अंदर की साइड आप यहाँ से कह सकते है हैं अपनी पॉजिटिव वायर को तो जैसे देख सकते हैं हमारी पॉजिटिव वायर अंदर की साइड आ चुकी है तो आप देख सकते हैं हमारे साइड में से पॉजिटिव वायर अंदर आ चुकी है ये तो जैसे आप देख रहे हैं तो चलिए मैं आगे आपको बता दूँगा और कैसे करते हैं तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये वायर हमारी इधर से अंदर आ चुकी है ये नहीं हमारी वायर तो आपको इसके अंदर लानी है वायर अपनी तो दोस्तों देख सकते हैं आपको हमारी वायर देखिए ये वायर जो है नीचे फ्यूज़ बॉक्स होता है फ्यूज़ बॉक्स में आपको टच करके चेक करनी है कि किस फ्यूज़ में आपकी इग्निशन से पावर आ रही है तो आप इस वायर को वहीं कनेक्ट करिए तो चलिए एक हम चेक करते हैं तो दोस्तों आप देख सकते हैं जैसे मैंने वायर कनेक्ट कर दी कर है इसमें दोनों साइड से तो इस पर हम टेप कर देते हैं तो दोस्तों आप जैसे देख सकते हैं मैंने इस पर टेप कर दिए तो मैं इसे इसमें लगा देता हूँ अंदर ही तो जैसे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे स्विच लगा दिया है अपने ही अंदर ये हमारी एक पॉजिटिव वायर आ चुकी है यहाँ पर बस हमें ये किसी भी फ्यूज़ में चेक करनी है इग्निशन जैसे आप देख सकते हैं ऑन है, है इग्निशन ऑन करके फ्यूज़ में चेक करनी है वायर तो दोस्तों देख सकते हो आप फ्यूज़ मिल गया है पंद्रह टेन एम का फ्यूज़ है हमारा कोने वाला जैसे आप देख सकते हैं ब्लू के पहले ये वाला हमारा फ्यूज़ है इसमें हमें वायर कनेक्ट करनी है तो चलिए वायर कनेक्ट करते हैं इसमें हम तो दोस्तों आप देख सकते हैं जैसे हमने अपना ये फ्यूज़ निकाल लिया है तो चलिए हम इस पर वायर कनेक्ट करते हैं अपनी दोस्तों जैसे आप देख सकते हैं हमने वायर कनेक्ट कर दी अपनी यहाँ पर तो चलिए चेक करते हैं देख सकते हैं भाई हम अपना बटन अंदर फिट कर रहे हैं तो अभी हम चलिए जैसे देख सकते हो आप स्विच हमारा बंद है ये हमने ऑन कर दिया स्विच चाबी अभी हमारी बंद है जैसे हमें अपनी चाबी एक ऑप्शन तो पर खोलेंगे ये अभी भी चालू नहीं हुआ पर हम खोलेंगे इसे अब चालू हो चुका है तो ये स्टार्ट हो गया हमारा होटल तो इसे हम बंद कर देंगे जैसा देख सकते हैं चाबी हमारी बंद है फिर हमने चाबी ऑन करी हमारे होटल बंद ओके okay, फ्रेंड्स तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर कमेंट करिएगा और हमारे वीडियो पर सपोर्ट करिए न्यू वीडियो ऑन आने वाली हैं आ गई नेक्स्ट मोटिफिकेशन पे जल्दी ही वीडियो देखने के लिए